तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में कमलदीप जी के साथ हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स जी हां हाँबल के बारे में वेरेबल्स के बारे में हम बात करेंगे क्या होता okay. है hmm. तो सबसे पहले जानते वेरेबल्स होता क्या है देखिये वेरेबल्स हाँ देखा हुआ कई बार हाँ लिखते हुए की डिम आर एज ए लॉन्ग आई एज एंटीजर वगैरह वगैरह राइट खास इंटीजर ज्यादा देखा हुआ लॉन्ग कम ना हम्म तो जो आर है आर एक का टेम्परली सेविंग लोकेशन ओके okay. जहां पे आपका एक्सल डेटा स्टोर करता डेटा स्टोर करता है अब टेम्प्री क्यों है क्योंकि ये लोकेशन सिर्फ इस माइक्रो के रनिंग पीरियड के लिए क्रिएट होता है Okay. अब बात करते इसकी जरूरत क्यों पड़ती है जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे थर्टी प्लस ट्वेंटी थर्टी प्लस ट्वेंटी हो गया तो जो फिफ्टी हुआ रिजल्टी तो आखिर स्टोर कहां पे हो 50 को स्टोर कहा करेंगे तो यहाँ जो है हमें दो चीजें हो सकती एक तो हम रेंज लेंगे कि रेंज ए वन डॉट value equal to, equal to a ए बट प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर रेंज ए वन जो है, fix है ये आपका फिक्स हो जाएगा ठीक है ये आपका फिक्स हो जाएगा ना सर हाँ, किसी पर्टिकुलर उसमें जाएगा यहाँ तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का रेंज को यूज करें हम नहीं चाहते हैं किसी तरह के रेंज को यूज करना क्योंकि फ्री नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर और फिर जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ती है वहां एम एस जी बॉक्स और यहाँ पे हम आर कर देते हैं ठीक है अब मैं इसको रन करूंगा फिफ्टी तो, तो अभी अभी हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं किया देखिये आप डिफॉल्ट डिक्लेरेशन नहीं करते डिफॉल्ट वेरिएंट में चला जाता है तो डिक्लेयर कैसे करते हैं डिक्लेयर करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे डिम दिम मतलब डायमेंशन आर के जगह पे कोई भी ले लीजिए मान लीजिए मैं दे दिया बाइट तो ये हुआ कि सिस्टम के डायमेंशन में बी नाम का सिस्टम के डायमेंशन में बी नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट हुआ ठीक है और वो जो है बी नाम का डेटा हुआ उसका टाइप जो है बाइट है वो बाइट डेटा को रखेगा। हम्म हम्म हु. तो यहाँ पर बी बाइट हु. उसी तरह से यहाँ अब बी ए जो बाइट किया और क्या, क्या क्या होता है देख लेते हैं डिम बी एच एच ए बोले ये क्वेश्चन था कि जैसे पहले हमने आर आर कोई वेरिएबल लिया था कोई डिफॉल्ट टाइप भी होती है कि अगर हम कुछ भी ना ले तो वो डिफॉल्ट करिए इंटीजर डिम एल एज ए लॉन्ग डिम बी एज ए डबल फिर यहां पे आता है dim टी एज ए स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए और dim डी टी एज ए डेट एंड टाइम होता है डेट होता है सर इतनी चीजें कैसे याद कर पाते हैं कि डेट है ये तो, उस से पता चल जाता है ना मैं बताता हूँ तो सिचुएशन है इसकी याद करने का तो याद नहीं होता है मैं याद सिचुएशन के हिसाब से होता है अब देखिए जो बाइट है ना हमने हाँ। जब बाइट किया तो बाइट क्या करता है ये आपका जीरो से लेके 255 तक का तक कांबर को लेता है विदाउट ओके तो जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको जरूरत पड़ा कुछ इनपुट लेने की राइट और इनपुट में आप चाहते हैं कि 255 से ज्यादा ना ले डेमन में ज्यादा ना ले तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि हमने यहां पे दिया कि dim b एज ए बाइट अब यहां पे b इक्वल टू अगर किसी ने ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री सिक्स कर दिया एम box जी लेकिन तो सो क्या होगा पता है आपको सो ट्वेंटी फाइव ही होगा, होगा। अगर किसी ने इसमें मान लीजिए कि छे सो डाल दिया तो क्या होगा ओवर फ्लो का एरर आएगा समझे अब मान लीजिए कि मुझे ट्रू अब यहां जो बीएल जो होता है बी इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स होता है अब मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए जैसे होता है ना इज टेक्स्ट आपने देखा होगा फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला एक्सल में होता है जिसका रिजल्ट माइनस में नहीं लेता है, अगर चेक हो गया, ओके है हमेशा पॉजिटिव नंबर लेगा और होल नंबर लेगा अब इंटीजर जो जो है है वो भी आपका डेसिमल नहीं करता बट ये समथिंग से तक का नंबर लेता है ओके। तो अगर आपको माने कि छोटा नंबर है इंटीजर है और आपको माइनस भी हो सकता है तो आप इंटीजर यूज करोगे सही है आपका माइनस प्लस दोनों नंबर है लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो सकता है करोड़ों में हो सकता है तो हाँ। एवरी टाइम हम लॉन्ग लेंगे हाँ अगर आपको डिशनल भी है बहुत बड़ा नंबर भी है और साथ में डिशनल भी है दबल। तो डबल लेंगे अगर आपको किसी तरह का टेक्स्ट चाहिए करना है सुजीत इंस्टॉल करना है तो आप देखें स्ट्रिंग और अगर आपको डेट चाहिए डेट डालना है अब डेट हम टेक्स्ट हाँ। को टेक्स हाँ। को कोई फिक्स नहीं है कि हर एक चीज में है अब क्वेश्चन हाँ। हमेशा हम हम वेरिएंट ले ले लें इसी पॉइंट पे मैं आता हूं कि हर बार, हर बार टाइम जब हम लेते हैं ना तो हमारे मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है जैसे बाइट जो है बाइट करता है डबल एट या सिक्सटीन बाइट करता है बाइट और डिपेंडिंग टेक्स्ट साइज उसके बाद डेट आई थिंक फोर बाइट करता है वेरिएंट सबसे ज़्यादा बाइट्स करता है अब बोलूंगी तो थर्टी टू बाइट ही तो है हमारा जो तो सिस्टम है वो तो जैसे मेरा बीस जीबी का रैम है डेढ़ का हार्ड डिस्क है तो क्या फर्क पड़ता है बीस से बाईस बाइट से बत्तीस बाइट से क्या फर्क पड़ता है देखिए ये आपका जो एक आ, मैक्रो है जैसे एक सब्जेक्ट किया किया ना रा रा ने किया या फिर ये जो मैक्रो बनाया इस मैक्रो का एक लिमिट होता है साइज की ये 255 के भी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है अगर आपकी मैक्रो की साइज 255 फिफ्टी के वी से ऊपर गया तो क्या होगा also. आपको प्रोसीजर टू प्रोसीजर टू लार्ज का ऑप्शन आएगा ठीक uh -huh. है दूसरा है कि अगर छोटे मोटे माइक्रो बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंपल है। है। तो पहले में कि कि हम क्यों क्यों वेरिएंट ना लेंगे हमेशा दूसरा है अब जैसे कि यही पे देख लीजिए हमने बाइट कर लिया ना सर तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है तो क्या हो रहा है Hmm. तो तो तीनों में होगा अगर अगर मैं भी hmm. करता ये तो कर देगा। hmm. मान लीजिए मुझे मुझे किसी का मिला है आगे मुझे इसको राउंड करके यूज करना है तो फिर hmm. अगर हम वेरियबल वेरियंट ले, ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा hmm. हाँ ठीक है ना दूसरा क्या होता है वेलीडेशन जैसे कि अगर मैंने यहां पे टेक्स्ट दे दिया इसको मान लो इसको लॉन्ग दे दिया और लॉन्ग देने के बाद अगर किसी ने इसमें टेक्स्ट इंट्री कर दिया तो क्या दिखाएगा एरर, एरर, टाइप मिसमैच, वैलिडेशन हो गया ना आपको तो कि भाई मेरा जो है नंबर है तो मुझे नंबर से ही आगे प्रोसीड करना है अगर किसी ने टैक्स डाल दिया तो आगे ना चले इसमें आपका इफ कंडीशन लगाने का टाइम बच गया ना सर बिल्कुल तो इसीलिए इसका यूज करते हैं okay. पहला फैक्टर करता है साइज और दूसरा फैक्टर करता है कन्वर्जेंस लीजिए अगर मैं यहां पे वेरिएंट ले लू तो इसको डेट नहीं समझेगा सर इसको तो वे हाँ। इसलिए वेरियबल्स है। लेते हैं और वेरियबल्स लेने के कारण एक चीज और भी है सिंपलाइजेशन ठीक है अब सिविलाइजेशन में आपको एक एक मैक्रो मा, में बना रहा हूं ठीक है देखिएगा जैसे यहां पे मेरे पास कॉस्ट है और मुझे यहां इस पर एमआरपी निकालना है राइट ठीक है तो चलिए इसकी हम मैं बनाते हैं फंक्शन बनाते हैं बना था तो सबसे पहले हमने यहां पे दिया डिम सी एज ए लॉ सी इक्वल टू रेंज ए टू डॉट वेल उसके बाद मुझे इसपे कैलकुलेशन करना है तो डिम नहीं यहां पे सी नहीं चाहिए यहाँ पे लॉन्ग नहीं मुझे यहां पे डबल चाहिए आर एक ही से काम चल जाएगा सर डबल hmm. तो यहां पे हमने कर दिया आर इक्वल टू के हो गया फिर अगेन यहां करते हैं आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव परसेंट मतलब कि पांच परसेंट मैन्यक्चर क्या करता है अपनी कमीशन लेता है और कॉस्ट पे ऐड कर देता है और किसको दे देता है Wholesaler को Wholesaler. Wholesaler क्या करता है कि अपनी खरीद पर 10 का .10 का कमीशन लेता है और अपने खरीद पे जोड़ के किसको दे, दे देता है मैन्यक्चर डिटे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ये आप एज़ ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया एंड होलसेलर क्या किया अपने खरीद पर पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट का कैलकुलेशन किया और ऐड करके दे दिया होलसेलर को होलसेलर ने अपने खरीद का ट्वेंटी परसेंट जी हाँ ट्वेंटी परसेंट निकाला और ऐड करके दे दिया किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए तो ठीक कंज्यूमर को तो फाइनली जो होगा रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर अब मैं इसको रन करता हूँ तो रिजल्ट आपके सामने है है नहीं। अब सोचिए मैं वेरिएबल इस्तेमाल ना करता अब मैं इसी चीज को विदाउट वेरिएबल करता हूं ठीक है ना ठीक है तो कोड कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा देखिएगा जहां जहां आ र है उसके जगह पे मुझे ये डालना पड़ेगा समझ रहे सर ठीक है सर लेकिन यही दस बीस पचास रेंज होता है तो कितना पड़ेगा लेकिन वट डज मेक डिफरेंस की जो बी टू के ऊपर डोट वैल्यू डाल रहे हैं या फिर सी टू डी टू कुछ भी हो सकता है वहां पर खाली हम आर दे रहे हैं पहले वाले में जी लेकिन हाँ। इसके अंदर हमें पूरी रेंज देखिए अभी तक तो क्या है सर की मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे इसलिए सही है मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी जैसे कि एक फॉर्मूला आपके यहां पर है ना ये फॉर्मूला मान लीजिए एक फॉर्मूला है इसका अमाउंट निकाल लेगा अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय एन समझे अब क्या लगता है आपको इजीली लग जाएगा? अच्छा कैसे लगेगा? देखिए तो इसके लिए इस फॉर्मूले में लगाना है हमें तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग चलते हैं तो क्या करना होगा देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिम डिफाइन करेंगे कि आ, ये ये ये ये कैसे किया सर सर लिखा भी भी रह गया और आप काम भी कर रहे हैं मैं इसका जूम जूम है का है अच्छा। है का ड्राइंग बुक ठीक रोल नहीं ओके। अब यहाँ पे देखिए एक साथ कर दिया ना लेकिन ये, अच्छा, सारे एक ही कास्ट के होंगे अलग अलग करना है तो फिर अलग करना पड़ जाएगा है। अब यहाँ पे देखिए P या किसी को ले को ले लीजिए लीजिए यहाँ पे रेंज बुक टू बुक, बुक थ्री का रेंज सीट वगैरह कुछ भी हो सकता है ना कोई भी यहाँ कुछ भी हो सकता टू फाइव इन इक्वल टू तो, ट सिंपल सा एक मल्टीप्लाई बाई वन n, n. पावर का ये ऑप्शन होता है में ने? हाँ, ब्रेकित इसको ब्रेकित में ने? इसको, इसको में रखना होगा आ, यहाँ पे n n n का तक न, तक न, तक. तक नहीं गया इसको वन यहाँ एक एक करना पड़ेगा वन कैलकुलेशन वन डिवाइड बाई एन फीड इन इस तरह से ठीक है अभी इसमें इस थर्ड पे चलते तो हैं तो तो तो तो है है। देखो सीधी सी बात है कि पहले P, 5, भी वो कहीं ना कहीं रेंज तो है ऑलमोस्ट लेकिन पहले हमें वो रेंज, रेंज पे जाना पड़ता है फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है एन की रेंज में होता है तो समझ में भी आता है ना यहाँ पे समझ में भी आ रहा है में का चेंजिंग वगैरह करना हुआ तो हम इजीली चेंज भी भी कर सकते हैं। रेंज भी जाने की जरूरत नहीं है ना जी, जी, जी, जी। सीधा बस अगर मुझे ये डेटा आउटपुट चाहिए तो बस मुझे और कॉल करना है जी हाँ, जी। ठीक है ठीक है अब मैं आपको एक वीवीए बुक जो है आपको दे रहा हूँ